नमस्ते भाई बहनों आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है पूजा और बब्लू ब्लॉग में आप सभी ठीक होंगे तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ में वीडियो बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं था तो मैंने आज ही बताया इनको कि मैं ब्लॉग में अपने मतलब की यूट्यूब चैनल में वीडियो डालती हूँ तो ये भी मैंने लोगों ने कमेंट किया था कि आप अकेली वीडियो बनाती हो आपके हस्बैंड नहीं है कहा रहते हैं आपको छोड़ दिया है क्या आपका बच्चा मेरे बच्चों के साथ में वीडियो बनाती थी बहुत लोगों ने बहुत किस्म वीडियो मतलब कि भेजा है कमेंट भेजा है तो मैंने आज इसलिए अपने हस्बैंड को साथ में बैठा के वीडियो बना रही हूँ कि आप सब भी जानेंगे कि हाँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ में रहते हैं हम लोग साथ ही साथ रहते हैं पर मेरे हस्बैंड सुबह से काम में चले जाते हैं और रात को आठ बजे आते हैं तो इनको टाइम नहीं मिलता है कि वीडियो में आए और मैं भी नहीं के साथ में वीडियो बनाती हूँ तो आज से हम लोग पति पत्नी दोनों वीडियो बनाएंगे तो कभी इनको टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं बना सकेंगे ये वीडियो तो मैं ये अकेले बनाऊँगी मेरे बच्चों के साथ में तो क्या बोलते हैं ये तो मेरा हस्बैंड है बिहार का रहने वाला मैं एम की हूँ छतरपुर ज़िला मध्य प्रदेश और मेरा बिहार में शादी हुआ है इतना अपना भी नहीं हुआ है कि जैसे माँ बाप का इससे मर्जी से भी नहीं हुआ है इतना माँ बाप से ठुकरा के भी नहीं होता होते मेरा माँ बाप बुलाता है हम लोग भी जाते हैं अपने माँ बाप के घर में अपने ससुराल में भी ठीक ठाक है पर इतना थोड़ा बहुत तो अभी भी गुस्सा गुस्सी है रिश्तों में थोड़ा बहुत इतना नहीं है अभी तीन बच्चा हो गया है मेरा एक बच्चा का नाम है बड़ा वाला लड़की आठ साल का हो गया है छोटा वाला छः साल का और एक छोटा वाला है जैसे अब लड़का है वो एक साल का है तो आज लोगों ने मुझे कमेंट किया था इसलिए मैंने अपने, आज मेरा हस्बैंड तो संडे को भी कहीं कहीं जाना पड़ता है को, कोई बुलाता है तो और हाँ दोस्तों में अक्सर ये मोबाइल खरीदो मोबाइल खरीद दो बोल रही थी आखिर मैं भी सोचता था मेरे पास तो एक छोटा सा मोबाइल है दोस्तों ये मैं इससे काम चला रहा था अपने काम में लेकिन ये बोल रही थी कि मोबाइल खरीद दो मोबाइल खरीद दो तो मैंने मोबाइल खरीद दिया लेकिन ये एनी टाइम मोबाइल में लगी रहते थे, थे मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी मेरा खाने खाने का वीडियो बनाते थे कभी ओ, कुछ काम करने का उसका वीडियो बनाती रहती थी और क्या, क्या क्या क्या क्या करते रहते थे तो दोस्तों मुझे नहीं पता था कि ये, ये अपलोड कर रही है वीडियो इसमें यूट्यूब में डाल रही है तो आज इसने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है तो वो तुम्हारी पसंद है तुम करो मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ मैं अपना देख ही रहा हूँ तो तुम अपना देखो अपना क्या वीडियो बना रही हो क्या डाल रही हो हाँ कि वही समाज के दायरे में रह के ही हर वीडियो होना चाहिए वही कि बस इतना ही बोलना चाहता हूँ और और मेरे आजकल इतने पढ़े लिखे भी नहीं है थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं आगे अच्छे से ले जाएं यहाँ पे हम लोग सिक्किम में इसलिए रहते हैं कि यहाँ पे ठंडा और अच्छा बच्चों के लिए तबीयत ख़राब नहीं होता इतना ज़्यादा और सब स्वस्थ रहते हैं इधर ठंडा गर्म घर गर, में गर, गांव में तो गर्म और ठंडा होता है तो इसलिए ज़्यादा बच्चों की तबियत ख़राब होता है यहाँ पर तो सब एक ही जैसा रहता है हमेशा ठंडा ही रहता है चाहे बच्चा कम बीमार पड़ता है इधर रहते हैं हम लोग साथी में रहते हैं साथी में रखते हैं हमेशा कोई गुस्सा गुस्से नहीं कोई झगड़ा नहीं होता हम लोग के बीच में पर सबके घर में थोड़ा बहुत होता है तो मैं इतना नहीं बोलूँगी आप सभी को तो नमस्ते भाई और बहनों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना